हरे घूट में स्वागत है। घूट uh, में कोई मत लख ना किसी से कुछ लेना ए ए 1 इन मिलियन पता ज्यादा भी कुछ लेना ना ना किसी से कोई मत लख ना किसी से कुछ लेना ए ए 1 इन मिलियन पता ज्यादा भी कुछ लेना चल, चल तू मेरे साथ या चल तू ये रात का फेरा बेरा बेआवे अरे घूट में सुहाूट